हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि नो कॉपीराइट सॉन्ग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आपको तीन स्टेप बताऊंगा, तीन तरीके बताऊंगा नो कॉपीराइट सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए तो पहला ट्रिक है यूटूब एप्लीकेशन को ओपन करना होगा ओपन करने के बाद इस सर्च में लिखना है नो कॉपीराइट सॉन्ग लिखने के बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद ये फर्स्ट नंबर पर यह लिखा हुआ आ गया नो कॉपी साउंड्स इसी पर हमको क्लिक करना है आप इसको देख सकते हैं बत्तीस मिलियन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसी पर हमको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी आप सॉन्ग डाउनलोड करेंगे वो नो no कॉपी मिलेगा आपको किसी भी सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए उसी पर हमको जिस सॉन्ग आपको अच्छा लगता है उस पर एक बार क्लिक करेंगे इस सॉन्ग को डाउनलोड करने के लिए इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस भीडमेट ऐप में जाकर शेयर कर देंगे डाउनलोड कर लेंगे इस भीडमेट ऐप में जाकर डाउनलोड कर लेंगे इसमें एक कंडीशन है यह इसको सॉन्ग को जो डाउनलोड किए हैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालना होता है नहीं तो आपको कॉपीराइट दे सकता है अब चलते हैं अपनी दूसरे स्टेप पर आपको गूगल को ओपन करना है गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब लाइब्रेरी YouTube Library लिखने के बाद सर्च कर देना है यह फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है उसी पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा है ऑडियो लाइब्रेरी YouTube, इसी पर हमको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा आपको कोई भी एक ब्राउजर में ये वेबसाइट ओपन कर देगा ये आप देख सकते हैं ओपन हो रहा है ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। आएगा यह आप देख सकते हैं ये जितना भी सॉन्ग है यह नो कॉपीराइट है आप इसको सुन भी सकते हैं ये जितना भी सॉन्ग है ये सब नो कॉपी सॉन्ग है आप इसको डाउनलोड करके अपने वीडियो को बैकग्राउंड में लगा सकते हैं डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे डाउनलोड होने लगा ये डाउनलोड हो रहा है तो अब चलते हैं तीसरा स्टेप कोर तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और सर्च में लिखना है सर्च बॉक्स में लिखना है माई माई यूट्यूब सर्च बॉक्स में लिखना है माई यूट्यूब और स्टूडियो सर्च बॉक्स में लिखना है माय इस्टू माय यूटूब स्टूडियो और सर्च कर देना है इस पर जो लिखा है साइन इप यूटूब स्टूडियो इसी पर हमको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा थोड़ा देर के लिए वेट कर लेते हैं मेरा नेट स्लो है आप देख सकते हैं आपका जो चैनल है जहां से आप वीडियो उडियो अपलोड करते हैं वहां आप चले आएंगे अपने स्टूडियो पे तो यहां सबसे लास्ट में यहां म्यूजिक का ऑप्शन दिखा रहा है उसी पर एक बार हमको क्लिक करना है थोड़ा देर के लिए यह सब जितना भी है ये सब नो कॉपीराइट है ये आप सब डाउनलोड करके अपने वीडियो पर लगा सकते हैं आपको जो आप, आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ से आप चेक करके डाउनलोड डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर डाउनलोड करने के लिए इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे या डाउनलोड होने लगेगा तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले इसी तरीके का वीडियो मैं लाते रहता हूँ मिलते हैं चलो तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद